सपने जैसा था कभी सपने की तरह ही लगता था ये सारी चीजें और आज वो सपना सच होने जैसी वाली बात है क्योंकि जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो मेरठ में तो इतने फंक्शन नहीं होते थे हम लोग गाजियाबाद जाते थे और बिल्कुल पीछे लास्ट में हमारी सीट हुआ करती थी जब जाते थे तो वहां पर जो सम्मान होता था एम लेकिन आज वो बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि सब लोगों की गाइडलाइन की वजह से हमारे सारे टेपलाइन के आशीर्वाद की, की वजह से और टीम की वजह से आज ये का सम्मान मुझे मिला है थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद आप सभी का मैं अपना परिचय शॉर्ट में ही यहाँ पे देना चाहूंगी मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा नाम शिवानी है और मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो स्टूडेंट थी पढ़ाई के दौरान ही ये बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला था और मैं कोचिंग में उस समय होता है कि पढ़ लो लिख लो नौकरी कर लो, यस या लो? या। तो वही चीजें मेरे साथ भी भी थी हम कहीं कहीं जॉब की ही तैयारी कर रहे थे और उसके साथ साथ ये प्रयास किसी को देंगे तो वो सोसाइटी के बराबरी ट्रेनिंग सिस्टम को फॉलो करो लोग अपने आप आ जाएंगे जब आप सीख जाओगे आपकी टीम अपने किसी की मेहनत मेहनत को रखते नहीं जब yes no? yes. जब आपकी पूरी जाती है, है, है। तो तो आपके नाम का जो एक है, वो आपको जरूर मिल जाता है। उसी दौरान जब मैं में पढ़ रही थी, तो थी।, तो थी। ज्वाइन इस इस किया और पहले दिन से पूरे कमिटमेंट के साथ पूरे परिवार के साथ इस O sí. sea सबसे बड़ा थैंक यू बोलूं तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज तो वो ईश्वर की है कि जब मुझे प्लान दिखाया गया था तो मैंने मना नहीं किया था और दूसरा सबसे बड़ा धन्यवाद मेरे मम्मी पापा का है जो आज पहले दिख... montada sure करती हूँ सर आप लोगों की वजह से भी हम लोग यहां है क्योंकि तो कहीं ना कहीं आपको भी देख के मोटिवेट होते हैं और सबसे बड़ी चीज हमारे जो ग्रेट महागुरु जी जसवीर सिंह मैंने सा...